रेलगाड़ी द्वारा पूछा गया प्रश्न सीजी व्यापम से जी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न नमस्कार मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज क्लास करने वाले हैं रेलगाड़ी रेलगाड़ी से सी व्यापम पीएससी एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ से आपको एक से दो नंबर पूछे जाते हैं ठीक है तो आज के प्रश्न देखने वाले हैं रेलगाड़ी जो कि आने में जाने में व्यक्ति को पार करने में खड़े व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को यानी कि खंभे को पार करने में प्लेटफार्म को पार करने में सभी प्रश्न देखने वाले हैं ठीक है तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक जरूर देखें पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रेलगाड़ी से ठीक है रेलगाड़ी से प्रश्न देखने वाले हैं सीजी व्यापार से ठीक है तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय क्या होता है चाल बराबर दूरी बट्ट समय दूरी बराबर चाल गुना समय ये देखिए तो चाहे आप टाइम एंड डिस्टेंट का सवाल हल करो या रेलगाड़ी का सवाल करो ये आपको बिल्कुल याद रखना है ठीक है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय दूरी बराबर चाल गुना समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल इसको याद रखना जरूरी है साथ ही एक और बात याद रख लीजिएगा x किलोमीटर ठीक है x किलोमीटर प्रति घंटा अगर एग्जाम में कभी भी इस प्रकार पूछे तो x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है किससे गुना करना होता है पाँच बटे अट्ठारह ठीक है ये हमेशा hmm. याद रखना अगर एक किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो पाँच बटे अठारह से गुना करना पड़ेगा ठीक है रेलगाड़ी वाले सवाल में ठीक है अगर उसी प्रकार दिया जाए एक मीटर प्रति सेकंड एक से मीटर प्रति सेकंड ठीक है एक मीटर प्रति सेकंड ठीक है अगर एक मीटर प्रति सेकेंड दिया है तब किससे गुना करोगे अट्ठारह बटे से गुना करोगे किससे गुना करोगे 18 बटे 5 से गुना करोगे ठीक है देखिये एक सतोमी प्रति घंटा दिया गया है तो 5 बटे 18 करोगे अगर 1 सेकंड दिया है तो 18 बटे 5 करोगे यही यह जो दो टॉपिक है यही जो दो टॉपिक है आपको याद रखना पड़ेगा इसको नोट करते हुए चलिएगा ठीक है एक क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ठीक है जो कि व्यापम और पीएससी में पूछा गया है ठीक है अगर यहाँ पर पूछ दिया गया चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान से समझिएगा ठीक है अगर चौवन किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो उसको क्या करेंगे चौवन गुणित पांच बटे अठारह ठीक करेंगे जैसे कि किलोमीटर दिया है तो उसको प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान से समझेगा ठीक है का और चववन, और यानी कि मीटर प्रति में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अगर यहीं पर आपको बहत्तर किलोमीटर प्रति मिनट दिए बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा ठीक है तो क्या करोगे बहत्तर गुना पांच बटे अब 18 से कितना बार में जाएगा चार बार में जाएगा 18 चौक बहत्तर और पांच चौंक 20 ठीक है ये आपको 20 मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 20 ये 15 मीटर प्रति सेकंड और ये 20 मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार आपका ऐसे चेंज करना है ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है साथ ही अब देखिए किलोमीटर में तो चेंज किए हैं अगर इसी को यहां पर मैं बता देता हूं अगर इसी को अगर चेंज करना है ठीक है एक मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करेंगे जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है अब उसको चेंज करेंगे इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे मीटर प्रति सेकंड बोला गया है तो 20 गुना अठारह बटे पांच पाँच गौ पाँच पाँच चौ बीस और अट्ठारह चौ बहत्तर इसका आंसर अच्छा कितना आ जाएगा बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रकार ऐसे बनेगा अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है अगर हम यहाँ ले लेते हैं चालीस मीटर प्रति सेकेंड इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कैसे करेंगे तो देखिए चालीस गुना अठारह बटे पांच ये वाला फार्मूला लगाओगे एक मीटर प्रति सेकंड वाला अगर मीटर में दिया है तब अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो पांच अट्ठे चालीस और अठारह अट्ठे कितना होता है जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व होकर इसको ठीक है अठारह अट्ठे होता है जल्दी बताइएगा हाँ बाकी लोगों का आंसर आ चुका है ठीक है रमेश राहुल गीता का एक सौ आंसर आ चुका है ठीक है चलिए उन इन, इन तीनों लोगों का सही हुआ है बाकी किसका एक किसका आ रहा है रमेश क्या है गोलू है नहीं एक सौ होगा ठीक है 18 अठे होता है ठीक है 18 अट्ठे होता है इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं सीजी जी व्यापम और पीएससी का जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो पी एस की कोई भी है ना ठीक है वो? उसका एग्ज़ाम होने वाला देखिए अब 6 नवंबर की बात करें तो 6 नवंबर को ठीक है 6 नवंबर को आपको एस का एग्जाम होने वाला है ठीक है एस आई का एग्जाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर सुबेदर प्लाटूर कमांडर का ठीक है अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्यापम और पी में आया हुआ प्रश्न है ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ठीक है मीटर लंबी एक रेलगाड़ी चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी को कितनी देर में पार करेगी? जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि चार बराबर दूरी बट्टा समय होता है उसी प्रकार समय बराबर क्या होता है जल्दी बताइएगा समय बराबर जस्ट अभी आपको मैं समझाया हूं। ठीक है समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चार देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इसको ध्यान से समझिएगा समय बराबर दूरी बट्ट चार होता है तो देखिए 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है मान लीजिए एक रेलगाड़ी है ठीक है ये एक रेलगाड़ी है ठीक है एक रेलगाड़ी है ठीक है एक रेलगाड़ी है ये तो <laughs> ये आपके समझने के लिए मैं चित्र बना दिया हूं चाहे जैसा भी हो ठीक है ये एक रेलगाड़ी है ये एक रेलगाड़ी ठीक है तीन सौ पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी यानी कि तीन सौ पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक है मान लीजिए तीन सौ पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है तो चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दो सौ पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी गुफा की कितनी देर में पार करेगी गुफा कितनी देर में पार करेगी तो इसको कैसे सोल्व करना है तो ध्यान से समझेगा ठीक है तीन मीटर लंबी जो एक रेलगाड़ी है चौवन किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है लेकिन यहाँ पर 250 मीटर लंबी जो एक रेलगाड़ी गुफा को कितनी तो समय में पार करेगी तो समय बराबर होता है दूरी बटा चार तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर चलिए तीन प्लस दो कितना हो जाएगा आपका 350 और 250 मीटर है ना इसको हम चेंज करने वाले हैं तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा जल्दी बताइए तीन और दो पांच एक छो ठीक है छ सौ मीटर आपका रेल हो गया है अब सबसे पहले चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को क्या करेंगे चेंज करेंगे ठीक है तो चौवन किलोमीटर देखिये चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं पाँच बटे अठारह से इसको गुना कर देंगे ठीक है? से कर देंगे. है? नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए तो और पांच तीय पंद्रह यानी कि इसका कितना हो जाएगा पंद्रह मीटर प्रति सेकेंड अब पूछा गया क्या है कितनी देर में पार करेगी यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चार दूरी कितना आपका छह सौ मीटर है तो 600 बटा 15 तो 15 चौ साठ अगे चालीस आपका आंसर आ जाएगा तो कितनी देर में पार कर रही है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब इसमें पार कर रही है ठीक है अगर किलोमीटर में दिया हुआ तब अगर ऑप्शन आप में आपका मीटर प्रति सेकंड दिया रहता है तो आप आंसर में मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं ठीक है यहां तक आपका तो क्लियर हो गया क्या एक बार कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पर आपको तो क्लियर हुआ कि नहीं ठीक है कमेंट करिएगा जल्दी से बिल्कुल सही ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन है कि बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है मतलब बहत्तर किलोमीटर घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा तो बिजली के खंभे को पार करने में चाहे व्यक्ति को पार करने में चाहे प्लेटफार्म को पार करने में या खड़े प्लेटफार्म या खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो देखिए बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं ठीक है बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चार से जा रही है तो पांच बढ़ते करेंगे अट्ठारह चौ और पांच चौ ठीक है तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया है अब पूछ रहा है कि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा तो समय आपका दिए गए समय बराबर होता है दूरी बट्ट चाल तो दूरी कितने है? आपका 60 मीटर है ठीक है तो दूरी बराबर आपका होता है कितना दूरी बराबर होता है दूरी बराबर दूरी बट्ट चाल ठीक है ये कितना हो जाएगा समय के लिए समय के लिए ठीक है तो समय दूरी पर चाल कितना हो जाएगा दूरी आपका कितना है यहाँ पर 60 मीटर है तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर अभी आपका 20 मीटर आ चुका है ये आपका क्या हो जाएगा चाल हो गया तो इसको लिख देते हैं 20 से कम और बीस दिया 60 तो कितना समय लग रहा है तीन घंटे समय लग रहा है तो आपका आंसर आ चुका है ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप बताइएगा यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोगों का आंसर आ जा रहा है रमेश राहुल सोनू कमलेश गीता क्या नाम है इसका पटेल क्या मनीष पटेल है चलिए मनीष पटेल का भी आंसर आ चुका है बिल्कुल सही बोल रहा है चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया क्या आगे बढ़ें चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि व्यापक में आया हुआ है ठीक है क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्यापम में आया हुआ है ठीक है सौ मीटर की एक लंबी एक रेलगाड़ी ठीक है सौ मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी सौ मीटर की लंबी ठीक है एक रेलगाड़ी है एक रेलगाड़ी ठीक है सौ मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है जो तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ठीक है तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है जा रही है ठीक है और एक व्यक्ति या व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे तो उसको लगा समय यानी कि सौ मीटर की एक लंबी जो रेलगाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति ठीक है एक व्यक्ति चाहे खंभे को पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे खंभे को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगा यह प्रश्न में पूछा है कितना समय लगेगा आपको समय निकालना है ठीक है सबसे पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया तो उसको है उसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले ठीक है तो देखिये यहाँ पर कैसे सॉल्व 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो 30 5 18 ठीक दो जाएगा, तीन छो पंचे दस तो पांचीस यानी कि इसका कितना पच्चीस बटा तीन मीटर प्रति सेकेंड ये आपका क्या निकल के आया तीस किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन समय निकालना तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल समय के लिए आपको मैं फार्मूला बताया था सौ तो मीटर दिया? दिया है कितना दिया है सौ मीटर ठीक है चाल कितना निकल कर रहा है पच्चीस बटा तीन ठीक है पच्चीस बटा तीन अब चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो ये तीन वाला ऊपर चला जाएगा ठीक है तीन वाला क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा सौ गुणित तीन बटा पच्चीस पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस चौक सौ और चार दिया बारह इसका आंसर कितना आ जाएगा बारह घंटा इसका मतलब समय लगेगा कितना समय लगेगा इसका पार करने में कितना समय लग रहा है बारह घंटा इसका समय लग रहा है ठीक है यहां तक आपका आंसर आ चुका क्या गीता का आया हुआ है रमेश का है मोहन का है गिरधारी का है हाँ बिल्कुल सही है सभी लोगों का आंसर आ चुका है ठीक है सबसे पहले किसका आया है कमेंट देखते हैं ठीक है, है? सबसे पहले मनोज तिवारी का आया है उसके बाद है राकेश शर्मा चलिए दो तीन लोगों का आंसर आ चुका है और कितना आ रहा है महेश गोपाल क्या है गोपाल सोनवानी ठीक है उनका भी आंसर आ चुका है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि व्यापक में पूछा है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन देख लें क्या चलिए देखते हैं क्वेश्चन ठीक है चलिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं यहां तक क्लियर होगा किन किन का आंसर आ रहा है देखिए हाँ बहुत लोगों का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर बिल्कुल सात से आठ लोगों का और आंसर आ रहा है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि व्यापम में आया हुआ है ठीक है व्यापम में आया हुआ प्रश्न है एक सौ छब्बीस मीटर तथा एक सौ चौदह मीटर की दो रेलगाड़ी चलिए एक सौ छब्बीस मीटर तथा एक सौ छब्बीस मीटर तथा एक सौ चवालीस मीटर ठीक है एक सौ छब्बीस मीटर तथा एक सौ चवालीस मीटर की दो रेलगाड़ी ठीक है दो रेलगाड़ी एक मीटर तथा 140 मीटर की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में ठीक है विपरीत दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में जा रही है कौन से दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में जा रही है ठीक है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न इसको ध्यान से समझिएगा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है एक मीटर तथा एक मीटर की दो रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में जा रही है विपरीत का मतलब होता है इधर से एक रेलगाड़ी जा रही है और एक इधर इधर जैसे कि देखिए एक जो एक रेलगाड़ी मान लीजिए ये आपका रेलगाड़ी है ठीक है ये एक दिशा में जा रही है फिर इधर से आ रही है यानी कि जाने में और आने में जाने में और आने में लगा समय यानी कि ये आपका प्लस हो जाएगा और एक ही दिशा में अगर रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में जाएगी ठीक है अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो क्या करेंगे माइनस करेंगे इसको घटा देंगे अगर इधर से आ रही है इधर से आ रही है यानी कि जाने में और आने में यानी कि विपरीत और एक ही दिशा में पूछा जाए तो आप माइनस करोगे ठीक है क्या करोगे माइनस करोगे ठीक है यहां तक क्लियर हुआ ये आपको समझाने के लिए बताया था ठीक है ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने तो देखिए 126 मीटर तथा एक मीटर की दो रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में जा रही है इसके बाद पूछा गया है आपका तो क्रम क्रम ठीक है क्रम क्रमशः 30 किलोमीटर तथा बयालीस किलोमीटर घंटा की चाल से आ 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बयालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चार जा रही है तो इसका क्या निकालेंगे समय बराबर चार क्या निकालेंगे समय तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि 126 मीटर एक सौ मीटर की दो रेलगाड़ी है तो इसको जोड़ देते हैं 126 प्लस एक कितना आ जाएगा जल्दी बताइए इसका हिसाब कितना छः में चार के छह दस के जीरो हासिल एक चार दो छः अब एक सात अब एक, एक दो यहां तक क्लियर हुआ ठीक अब देखते हैं क्या कहता है कि यहां पर 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर यानी कि विपरीत दिशा में जारी क्या करेंगे 30 और 42 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा अब क्या निकालना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो सबसे पहले चेंज कर देते हैं इसको पांच बटे अट्ठारह से भाग कर देंगे तो अट्ठारह चौबर और पांच चौ तो बीस मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ गया है अब क्या करेंगे समय बराबर दूरी चाल होता है तो इसको यहां से भाग कर देंगे ठीक है ये वाले से भाग कर देंगे ये आपका क्या निकल था दूरी ये आपका दूरी हो गया दो अभी चाल हो गया आपका ठीक है बीस मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दो सौ ठीक है सॉल्व ये सोल्व करेंट गया इसको करते हैं ठीक है दो एक कम दो और कितना जाएगा इसको सॉल्व करो तो जल्दी आंसर आंसर लाओ तेरा सही एक बटे किसका आया है ये वाला आएगा आंसर ठीक है तेरह सही एक बटे दो इसका आंसर आएगा किन लोगों का आ चुका है मनीष गीता रमेश राहुल मनीष कश्यप मनीष तिवारी बिल्कुल सही है आप लोगों का तेरा सही टे दो आएगा ठीक है देखिए कैसे काटना था आपको 270 को 20 से करोगे तेरह दूनी छब्बीस एक सत्ताईस यानी कि तेरह सही एक बटा दो आपका आंसर आएगा कितने लोगों का आ रहा है पंद्रह से बीस लोगों का आंसर आया है पंद्रह से बीस लोगों का आंसर आया है देखिये जो लोग व्यापक की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ठीक है जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा धन्यवाद दोस्तों